आज भी देखो मैं वहीं खड़ा हूं लोगों ने बड़ी सासें की मुझे गिराने में क्योंकि हालातों से कुछ सीख कर मैं आगे चला हूं